मा तानी करलो रन कर करलो कर जीवन का हर कलेश मिटेगा माता रानी करलो जीवन का हर कलेश मिटेगा जुमन का हर कले मिटेगा जीवन का हर कले मिटेगा जीवन का हर कले मिटेगा जीवन का हर कले तो मिटेगा माता रानी का माता रानी का सुमिर कर लो कले से का का तो कर लो प्रथम सेल पुत्री बुलाना दूजे में दूज को मना सरे चंद्र घंटा आई तो चंद्र घंटा आई तो आनंद ही आनंद मिलेगा माता ने तुम्हें माता जो माता नी जो आएंगी तेरा करो ची होते भरेगा माता नानी कठुमिर कर लो जीवन कार्य कर दात्री। ओ, ओ, ओ, ओ। सीधी दात्री जो घर में आएंगी सीधी दात्री जो घर में आएंगी तो मिठेगा माता रानी कदम कर लो जीवन का हर करते देने माता रानी कठम कर लो जीवन का हर कलेत मिटेगा माता रानी कथमिरन कर लो जीवन का कर चलत मिटेगा जीवन कर चलत मिटेगा जीवन कर